की से आप, एप, तो तो कर लेता हूँ बोलो जबरदस्त वाला एक मिलने वाला है फ्री में तो मतलब वीडियो को अगर ना देखते हो अगर चले डाउनोड कर लेते हो तो मतलब की समझ में नहीं आएगा ठीक है एक बात बोलो तो समझ नहीं है ओपन करने के बाद आप लोगो पे आप लोगों यहीं पे लोग मतलब मतलब तो कुछ सीखना है एंड्रॉइड इलेवन का आप लोग को अगर लेना है तो वीडियो को लास्ट तक देखो अगर लास्ट तक नहीं देखते हो तो कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और सकता है प्रोजेक्ट पे तो देखो इधर मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग को रिस्टोर वाली वेबसाइट पर रेस्टोर कर लेना है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स से मेरा लिंक मिलेगा डाउनलोड कर लेना है ठीक है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा डाउनलोड वाली फोल्डर पे है और ये जो न्यू मोड का है मैं इसी को आप लोगों को देता हूँ एंड ये हर एक मतलब कि तरह से आप लोग को वर्क करेगा एंड्रॉड एलेवन टूल्व थर्टीन फोर्टीन मतलब की जितना भी है यहाँ पर आप लोगों को कापी ऑप्शन पर क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर जो कॉपी लिखा है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है हो जाएगा यहाँ पे देखो एक न्यू मोड प्रो का एक आ गया है हमारा ऊपर इंजेक्ट ठीक है ये इंजेक्टोर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो सिवाय या ब्लॉक वगैरह को ठीक है ब्लॉक वगैरह चेंज नहीं करना है तो मैं आप लोगों को फास्ट में दिखा देता हूँ ठीक है कहाँ पर क्या है यहाँ पे जाना है कस्टम वाले ऑप्शन पर जाना है न्यू मोड पर देखो यहाँ पर आप मतलब कि नेम वगैरह को चेंज कर सकते हो लेकिन ये जो मैंने लगाया है ठीक है ब्लॉक मतलब कि ये जो दिख रहा है आप लोगों को इसको आप लोगों को डिलीट नहीं करना है ठीक है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ये जो चेक बॉक्स है जब देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली चेक बॉक्स है, है, है दिखा देता हूँ यहाँ पर जो वन से फोर लेके जो चेक बॉक्स है ये अवतार बाली पे जाएगा ठीक है यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है वन चेक बॉक्स एंड टू चेक बॉक्स थ्री एंड फोर आप लोग को तो पता ही है ये सब अवतार में जाते हैं एंड आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ से आप लोगों को फोर से आप लोगों को नीचे जो आता है फाइव चेक बॉक्स एंड सिक्स चेक बॉक्स सेवन चेक बॉक्स ये आप लोगों को जाएगा कन्फिंग वाले ऑप्शन पे ठीक है और कुछ मैंने नहीं लगाया है ठीक है यही आप लोगों को चीज़ मिलेगा ठीक है तो चलो हम मेन बात पे जाते हैं यहाँ पे व्यू पर जाते हैं मेन वाले ऑप्शन पे जाते हैं कुछ भी वगैरह वगैरह नहीं कर रहे हैं हंड्रेड एक परसेंट आप लोगों को वर्क करेगा तो पहले जो था मैं दिखा देता हूँ टी तो इस वाले ऑप्शन पर आते हैं यहाँ पर आप लोगों को कोड मिलेगा ठीक है यहाँ पे सारे के सारे कोड मिल जाएगा मैं और कुछ लगाया नहीं हूँ थ्री डॉट पे जाना है एंड आप लोगों को लाइब्रेरी लोकल लाइब्रेरी पे जाना है यहाँ से आप लोगों को जो टेस्टी टोस्ट है ये आप लोगों को रहना चाहिए मेरे पास ये अगर नहीं है तो भी आप इसको कॉपी कर लोगे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा टेस्टी टोस्ट ठीक है तो यहाँ पर आप लोग को यही चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है और कुछ भी मैं मे, मेरा YouTube मतलब कि चैनल वगैरह का लिंक नहीं दिया हूँ अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो नेम वगैरह को चेंज कर सकते हो ठीक है तो यहां पे फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स का देखो यहां पर मैक्स का आएगा और यहां पर फ्री फायर का आएगा और आप लोगों को दिखा देता हूं मतलब कि बेहतरीन तक अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं ठीक है ठीके? तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर जाना है ठीक है यहाँ से जाने के बाद आप लोग को एसेट जो है एसेट पर आना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन डॉट जीप टू डॉट जीप थ्री डॉट ठीक है ये लिखा है यही आप लोगों को क्या करना है लिखना है ठीक है यहाँ पर डालना है तो आप लोगों को जिसका भी कंफिग डालना चाहते हो फ्री फायर pubg लाइट जो भी है ठीक है जिसका भी कंफिग कुछ भी अगर डालना चाहते हो तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को ऑन देना है ठीक है वन से फोर मैंने आप लोगों को दिखाई दिया ऑन से फोर आप लोगों को अब दर के अंदर जाएगा या अब दर के अंदर जाएगा एंड आप लोगों को 5 से आप लोगों को 9 तक मतलब कि 5 से जो है सब आप लोगों को जाएगा कंफिंग के अंदर और आप लोगों को एक चीज़ में आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ आर ई रियल एंड ए जो रियल है ये आप लोगों को जाएगा कहाँ पर रियल वाले जो है ये फ्री फायर ठीक है तो यहाँ पर दिखा देता हूँ ये जो रियल वाली है ये आप लोगों को कन्फिंग के अंदर जाएगा और नीचे जो रियल वाली है ये आप लोगों को अब के अंदर जाएगा ठीक है तो फिर फायर एंड फायर मैक्स में सभी में वर्क करेगा एंड ब्लॉक वगैरह हम जल्द से लाएंगे ठीक है और सब कुछ मैं आप लोगों को समझा देंगे ठीक है तो चलो इसको रन करके फर्स्ट में मैं, मैं इधर आप लोगों को दिखा देता हूं ठीक है रन कर लेते हैं और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा तो यहां पर मैं रन कर देता हूं एंड वीडियो को ज़्यादा मतलब कि मैं स्किप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ठीक है वीडियो को अगर अच्छे लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो एंड मैं आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा नॉन रूट सी पी पी ठीक है मैंने बना लिया है और आप लोगों को भी बनाना सिखाऊँगा लेकिन ऐसे नहीं ठीक है लोगों को क्या करना है अब तो लाइक नहीं करते हो सब्सक्राइब भी नहीं करते हो क्या ही बोल बोलू मैं ठीक है गई तो लाइक सब्सक्राइब जल्द से जल्द मर गई